क्या हुआ गाँव में कोई नहीं है ठाकुर साहब पूरा गांव खाली है क्या गांव में कोई भी नहीं जी हाँ पूरा गांव खाली है कहा मर गए सब गांव वाले शेताव हमसे शेताव शेताव शेताव शेताव, शेताव हमसे शेताव शेताव